नमस्कार राम राम साथियों 28 फरवरी दिन शुक्रवार का दैनिक डाल लेते हैं आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले आप लोगों को सूचित करना चाहते हैं अट्ठाइस और उन्तीस तारीख को मुंबई आगमन हो रहा है सत्ताइस अट्ठाईस उन्तीस तीन दिन बेसिकली रहेंगे तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी हमसे पर्सनली मिल करके अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है आप लोग आइए हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं और फोन नहीं उठता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए दोनों नंबर व्हाट्सएप पर हैं तो पंचांग पर आइए एक दृष्टि डाल लेते हैं देखिए विक्रम संबंध दो चल रहा है सख संबत्त चल रहा फाल्गुन मास है शुक्ल पक्ष की जो आज तिथि रहेगी दर्शकों ये रहेगी पंचमी तिथि सूर्योदय होगा प्रातः 6 बजकर 35 मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को 6 बजकर 2 मिनट पर दर्शकों पंचमी तिथि के बारे में हमने क्या बताया था कि पंचमी तिथि के दिन बिल्ब फल का सेवन नहीं करना चाहिए यदि आप बेल खाते हैं तो ब्रह्मा वह पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है आपके ऊपर कोई कलंक लग सकता है तो बेल को आज आप लोग एवाइट करिएगा नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र रहेगा वही करड़ रहेगा विष्टि व और बालो करड़ शुक्ल और ब्रह्म योग रहेगा दर्शकों शुभ समय पर आ जाते हैं आज का शुभ समय क्या रहेगा तो देखिए बारह बजकर इकतालीस मिनट से लेकर के और एक बजकर सत्रह मिनट के बीच में यदि आप कोई कार्य करते हैं तो निश्चित ही उसमें आपकी अभीष्ट सिद्धि होती दूसरा दर्शकों एक अमृतकाल मिल रहा है ये हमें शाम को रात में मिल रहा है उन्नीस मिनट से इक्कीस मिनट तक की इस दौरान भी आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं साथ साथ ही अशुभ अशुभ समय समय पर जाते हैं। समय बेसिकली राहु काल होता है। तो आज के राहु काल का समय रहेगा सुबह दस बजकर तिरपन मिनट से बारह बजकर उन्नीस मिनट तक की चंद्रदेव दो जो चलायमान रहेंगे ये मेष राशि अर्थात एरीस में रहेंगे वही सूर्यदेव कुंभ राशि में चलायमान हैं। दर्शकों शुक्रवार की शुक्रवार का दिन है और दिशा की बात ना करें ऐसा कहा संभव है तो आज के दिन पश्चिम दिशा की ओर दिशा रहता है पश्चिम दिशा की ओर यात्राओं को करने से आज आपको बेसिकली बचना रहेगा यदि यात्रा करनी पड़ जाए तो आपको करना क्या चाहिए तो देखिए बेसिकली आप मिश्री खा सकते हैं शक्कर खा सकते हैं साथ ही साथ आप लोग दही का सेवन कर सकते हैं आ, उसके अलावा जो है डायरेक्ट पश्चिम दिशा की ओर ना जा करके आपको पूरब की ओर पहले चार पग चलना होगा फिर पश्चिम की ओर प्रस्थान करिएगा तो निश्चित रूप से आपकी यात्राएं सफल होंगी तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग अब राशिफल पर हम आगे बढ़ते हैं तो दर्शकों राशिफल में हमारी पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातकों देखिए आज आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है साथ ही साथ आज आप लोग पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य को बनाने में सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मेष राशि के जातकों संध्या के समय बच्चों के साथ आपका जो टाइम है ये बहुत ही बेहतर जो है स्पेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कई दिनों से रुके हुए कामों में आज आपको सफलता प्राप्त हो सकती है मेष राशि के जातकों यदि आप स्टूडेंट्स हैं और बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आज आपको सफलता मिलेगी लव लवमेट के लिए आज रिश्तों में मिठास भरने का दिन रहेगा आज आप लोग चूँकि सैटरडे और उधर संडे आपको मिल जाएगा तो वीकेंड पर भी कहीं बाहर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अपने काम को जल्दी निपटाते हुए आज आप लोग दिखेंगे जो भी ऑफिस में आपको जो है टास्क दिया जाएगा वो आज आप लोग सकुशल पूरा करेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग प्रयास करिएगा कि मंदिर में शहद का दान करिएगा तो इससे होगा क्या तरक्की में नए नए रास्ते आपके खुलेंगे साथ ही साथ आपके लिए शुभ कलर रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक दो अगली राशि की ओर बढ़ते हैं हमारी अगली राशि आती है वृषभ राशि वृषभ राशि के जातकों आज आपका वैवाहिक जीवन काफी उमदा रहेगा जीवन साथी के साथ आज कोई जो है बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं और आज आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है आज अगर आप किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो काम आज आपका पूरा होगा आज आपको किस्मत का भरपूर सहयोग मिलेगा कोई शिकायत आज आपको किस्मत से नहीं रहेगी अधिकारियों से आज आपको मदद मिलेगी किसी पुराने विवाद में चला आ रहा झगड़ा समझौते के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो विवाद में समझौता होगा आज आपका ध्यान संतान की ओर अधिक रहेगा कुल मिलाकर के परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा और आज जो कारोबारी वर्ग हैं इनको धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग श्री सूक्त का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो अगली राशि की ओर बढ़ते हैं हमारी अगली राशि आती है ये आती है मिथुन राशि देखिए मिथुन राशि के जात आज आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं ऑफिस का जरूरी काम आज आपका समय पर पूरा होगा सेहत के मामले में आज आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे आज जीवन साथी के साथ आप लोगों की जो है काफ़ी ज़्यादा जो है गहमा गहमी होगी बहुत बातचीत रहेगी और कुछ विवाद सामने उभर के आ सकते हैं साथ ही साथ आज आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे और आज किसी अन्य मद से आपके पास धन आगमन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपका सामाजिक दायरा बहुत हद तक की आज बढ़ सकता है आसपास के लोगों से आज आपको मदद मिलेगी और आज आपको व्यवसाय में भी लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है दैनिक कार्यों में आज आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी उपाय के तौर पर आज आप लोग कर कह सकते हैं तो आज किसी विकलांग व्यक्ति को छेने की बनी हुई कोई मिष्ठान आप लोग खिलाएं इससे आपके सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन राशि चक्र की हमारी अगली राशि आती है ये आती है कर्क राशि लेकिन आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले आपको बताना देखे चाह रहे हैं कि कर्क राशि के जो हमारे जातक हैं या मे से लेकर के मीन राशि के जो जातक हैं शुक्र का गोचर हो गया है और इससे संबंधित आप लोग वीडियो हमारे चैनल पर पड़ चुका है देख सकते हैं कर्क राशि के जातकों आज बनी रहेगी इसमें तो कोई संशय ही नहीं है आज आपके विचारों का कोई विरोध भी कर सकता है नए कार्यों में कर्क राशि के जातकों की रुचि बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है आज कर्क राशि के जातक कुछ नया सीखते हुए दिख रहे हैं कर्क राशि के जातकों अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा अन्य कफ से रिलेटेड पेट से रिलेटेड खांसी इत्यादि आपको हो सकती है किसी को उधार पैसा देने से आज आपकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है इसलिए पैसों के मामले में आपको सोच समझ के फैसला लेने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ सकता है उपाय के तौर पर आज कर्क राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो देखिए कर्क राशि के जातकों आज कोशिश कीजिएगा कि चावल का दान आप लोग धर्म स्थान पर करें तो बेहतर रहेगा साथ ही साथ मां लक्ष्मी को लाल रंग का कोई पुष्प जरूर अर्पित करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ राशि चक्र की हमारी अगली राशि आती है ग्रहों के राजा सूर्यदेव की राशि सिंह राशि लियो सिंह राशि के जातको आज आप किसी पुरानी बात को लेकर के परेशान हो सकते हैं लेकिन शाम तक की सारी स्थितियाँ ठीक होंगी आज आपके मन में किसी बात को लेकर के शक बना रह सकता है आज घर पर अचानक से कोई मित्र आपके आ सकते हैं उनसे किसी विषय पर आज आपकी चर्चा हो सकती है और आज ऑफिस के किसी काम में आ रही बाधाएं दूर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राओं का योग आज सिंह राशि के जातकों के जीवन में बना हुआ है स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी रहेगी जो लोग रेस्टोरेंट से संबंधित काम करते हैं जो लोग सरकारी क्षेत्रों में काम करते हैं इनके लिए आज का दिन काफ़ी यादगार रहने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा घी का दान आप लोग धर्म स्थान पर करिएगा साथ ही साथ माँ लक्ष्मी के गायत्री मंत्र अर्थात लक्ष्मी गायत्री मंत्र का ओम मह लक्ष्मय चा विदमह विष्णुपत्नी तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात तो इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप जरूर करिए मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए ओम महालक्ष्मय चाह विदमह विष्णु पत्नी धीमय तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदया इस मंत्र का 108 बार आप लोग जाप करिए आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक अगली राशि पर बढ़ते हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि कन्या राशि के जात सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए आज आपके सभी काम आपके मन मुताबिक पूरे होंगे आज आप बच्चों के साथ खुशी के पल बिताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आपके सकारात्मक विचारों से खुश होकर के बॉस आपको गिफ्ट के जो है मतलब गिफ्ट दे सकते हैं कोई इनाम दे सकते हैं आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से आज हो सकती है जो आगे चल करके फायदेमंद होगी किसी नए वाहन क्रय करने का योग आज का दिन लेकर के आया है साथ ही साथ व्यापार में अचानक आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं जो छात्र इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है उनको आज काफ़ी सहयोग मिलेगा सितारों से ग्रहों से आज आसपास की जगहों की जो है छोटी दूरी की लघु दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है व्यापार में बढ़ोतरी होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कनक धरा स्रोत का आप लोग पाठ करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा रहेगा रहेगा रहेगा हरा और शुभ आपके लिए रहेगा, ये रहेगा दो। तुला राशि के जातकों आज कुछ काम समय से पूरे हो सकते हैं तुला राशि के जो स्टूडेंट्स हैं इनका यदि आज कोई एग्जाम्स है बोर्ड पेपर वगैरह है तो काफी अच्छा आप लोगों के लिए होने वाला है कारोबार में धन लाभ होने की संभावना है किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके करियर को बदल सकती है कैरियर को नई दिशा व दशा दे सकती है आज आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में न्यायालय संबंधी आपके पक्ष में कोई फैसला आ सकता है लेकिन किसी काम में जल्दबाजी करने से आपको बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं कुल मिला करके आज का दिन मध्यम रहेगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग जो है दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का पाठ करिए साथ ही साथ मंदिर में जा कर के आज हो सके तो थोड़ी सी धर्मस्थल की सफाई कर दीजिए आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी शुभ कलर रहेगा आपके लिए वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जात को आज ऑफिस में आपको जो है सहयोगियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा ऑफिस के काम से संबंधित आज आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और ये यात्राएं आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी पैसों के संबंध में आज, आज आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है अर्थात पूर्व में यदि आपने किसी को धन दिया है तो आज आपको जो है वापस मिल सकता है आज किसी कंपनी से आपको जॉब के लिए ऑफर आ सकता है आज किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से मुलाकात होने के संकेत रहेंगे आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है आज आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं खुशी के कुछ पल बिता सकते हैं मूवी इत्यादि देख सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो सबसे पहले मां दुर्गा को आज आपको इत्र अर्पित करना रहेगा तथा साथ ही साथ आज कोशिश कीजिएगा आप लोग सॉल्ट को अर्थात नमक को एवॉइड करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ अगली राशि पर बढ़ते हैं धनु राशि सैजिटेरियर्स तो सेजिटेरियर्स आज जरूरी काम में आपके माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा माता पिता का सहयोग मिलेगा तब फिर क्या पूछने साथ ही साथ आज अपने विचार जाहिर करने और दूसरों को सहमत कराने में आज आप बहुत हद तक की सफल भी रहेंगे आज जीवन साथी आपकी फीलिंग्स का आपकी भावनाओं की बहुत ज़्यादा कद्र करेंगे जो लोग धनु राशि के हैं और कारोबार करते हैं इनको आज किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से भेंट होती हुई दिखाई पड़ रही और इनका कारोबार आज चल निकलेगा किसी नई चीज पर यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे साथ ही साथ स्टूडेंट्स को सीनियर से मदद प्राप्त होगी आपको नए स्रोतों से आज धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है प्रेम प्रसंग के प्रति आज आपका झुकाव बना रहेगा सेहत के मामले में आज चुस्त दुरुस्त रहेंगे उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो देखिए वेद मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करिए आपके धन में भी वृद्धि होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पांच मकर राशि कैप्रिकॉन देखिए मकर राशि के जात को आज आपको किसी काम से भागदौड़ करनी पड़ सकती है आज दोस्तों के साथ आपका समय काफी अच्छा बीतेगा आज कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिनका समाधान निकालने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है पारिवारिक कामों में आज सभी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा घर के सभी सदस्य आज आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे आर्थिक पक्ष में उतार चढ़ाव बना रहेगा यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं कि आज आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए आज कई लोग आपकी बात से सहमत होंगे तथा कुछ लोग ही आपकी बात से असहमत होते हुए दिख रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में आज आपकी सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है सभी कष्टों का आज आपके निवारण होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको लक्ष्मी माता पर इत्र चढ़ाना रहेगा साथ ही साथ आज चावल का दान आप लोग जाकर के धर्म स्थान पर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो कुंभ राशि के जातकों आज आप किसी मनोरंजक के कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही साथ किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करते हुए आज कुंभ राशि के जातक दिख रहे हैं इनको कोई नया प्रोजेक्ट इत्यादि आज हासिल हो सकता है आज कुंभ राशि के जातकों को बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलेगा माता पिता का सहयोग कुंभ राशि के जातकों को प्राप्त होगा साथ ही साथ आज का दिन धन लाभ लेकर के आया कुंभ राशि के जातकों को किसी धार्मिक स्थल पर जाते हुए कुंभ राशि के जातक दिखाई दे रहे हैं साथ ही साथ किसी अपनों से बहुत बड़ी खुशखबरी आज आपको मिल सकती है कुंभ राशि के जातक जो छात्र आज लॉ सेक्टर से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं कानून से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं उनकी आज जो है उनका दिन सफल होगा पढ़ाई में उनका मन लगेगा और कुछ नई उपलब्धि हासिल होगी कुंभ राशि के जातकों कार्य क्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी आज आप लोगों को मिल सकती है तो उन्हें उठाने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा और उनका निर्वहन भी आज आप लोग सफलतापूर्वक करेंगे उपाय के तौर पर करना क्या है तो प्रातःकाल उठकर के दोनों हथेलियों के दर्शन करिएग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदा प्रभाते कर और धरती माँ के पैर छूना रहेगा बस इतना छोटा सा काम करिए नहाने के पानी में एक चम्मच दूध डाल लीजिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आ रहा है दर्शकों और हमारी अंतिम राशि भी आ रही है लेकिन दर्शकों आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाया होगा इस रविवार पुनः रात्रि 10 से 11 बजे के मध्य हमारा लाइव आगमन होगा लाइव प्रोग्राम होगा जो भी आपके प्रश्न होंगे जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग पूछ सकते हैं उसका उत्तर देंगे साथ ही साथ आपकी कुंडली का विश्लेषण भी कराएंगे अंतिम राशि पर चलते हैं अंतिम राशि आती है मीन राशि मीन राशि के जातकों को आज कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है आज आपका कोई जरूरी काम किसी दोस्त की मदद से पूरा होगा धैर्य से निर्णय लेने पर आज सफलता के नए रास्ते खुलेंगे और आज जीवन साथी का सहयोग आपको फायदा दिलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है मीन राशि के जात आज प्रातः काल से ही दौड़ भाग ज्यादा बनी रहेगी उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा आज अपने भविष्य के बारे में थोड़ा विचार भी मत, थोड़ा विस्तार से आप लोग चर्चा कर सकते हैं जो कि आपको सफलता की ओर अग्रसर कराएगा ऑफिस में प्रमोशन के नए सुअवसर प्राप्त होंगे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा परिवार के लोग आज आपसे काफ़ी खुश रहेंगे प्रसन्न रहेंगे आज का दिन नई संभावनाओं का दिन है नए लोगों से मुलाकात का दिन है और कोई नई जो है क्या कहते हैं आपके जीवन में नए मेहमान के आगमन का दिन है कोई नए प्रेम का संचार का दिन है आ, उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा मीन राशि के जातकों को तो मीन राशि के जातकों कोशिश कीजिएगा ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करिए धन की देवी माँ लक्ष्मी का भाव आपके यहाँ हो जाएगा यदि बहुत लंबा लगता है ललता शहत नाम तो आप लोग इसको जो है मोबाइल पर सुन भी सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों यदि हो सके तो श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त का पाठ आप लोग जरूर करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक एक तो ये तो था हमारा मेज से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेलाइकन दबाइए इस वीडियो को यदि आपने पसंद किया है तो लाइक कीजिए नहीं पसंद की है तो डिसलाइक करिए दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी के हृदय में विराजमान उस परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आपसे इजाजत लेते हैं नमस्कार